हेलो एवरीवन आज हम सीखेंगे किस तरह से डिज्नी बर्ल्ड पर टास्क कंप्लीट किया जाता है सबसे पहले आपको ऊपर तीन लाइन दिखाई देंगी उस पर टेप करना है और इस तरह से आपके पास विंडो खुल के आएगा और इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेली टास्क और उसके बाद उसमें देखेगा ब्यू टास्क उस पर दबाना है इसके बाद इस तरह का आपके पास विंडो खुल के आएगा टोटल आपके पास पाँच क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले आपको बेस्ट फुटबॉल प्लेयर पे दबाना है इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा आप कोई सा भी क्वेश्चन चुन सकते हैं जैसे कि मैंने चुना क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसको सबमिट करना है ये आपका पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ इसके बाद दूसरा है बेस्ट कैमरा सोनी यह आप कोई सा भी लगा सकते हैं यह आपका दूसरा टास्क कंप्लीट इसके बाद तीसरे के लिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर कोई सा भी लगा सकते हैं आप यह आपका तीसरा कंप्लीट हुआ इसके बाद चौथे के लिए फिर दबाएंगे हम बेस्ट मोबाइल एप्पल दबा दो इसके बाद पांचवा टास्क के लिए बेस्ट लैपटॉप इसमें एप्पल सैमसंग कोई सा भी लगा सकते हैं हम और सबमिट करेंगे ठीक जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इस्क्रीन शो हो गई इसका मतलब आपका टास्क आज का कंप्लीट हो गया आपको फिर वापस तीन लाइन पर टैप करना है और डैस पे जाना है वापस और आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुल के आएगा जिसमें आपकी टुडे अर्निंग पच्चीस रुपये और टोटल अर्निंग दो दिन की आपकी पचास रुपये बैलेंस आपका सो होगा पचास रुपये विड्रो आप कितना कर कर चुके हैं वो देखेगा आईडी डी देखेगी तो थैंक यू